दोस्तों आज हम आपको ऐसे जीवन काल में ले जाने वाले हैं जिसमें हम सभी कभी ना कभी अपने जीवन काल में गए हुए होते हैं तो आज यह हमारा जीवन काल किस प्रकार से व्यतीत होता है और पहले हम छात्र जीवन में किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते हैं पढ़ाई के मामले में और कितनी परेशानियों को इग्नोर करके हम पढ़ाई करते हैं और जीवन में सफल होने के लिए तो आज ये कुछ लम्हा मैं आपके साथ रख रहा हूँ ये आप सभी के लिए है और आप इसे ज़रूर ध्यान से सुनिएगा तो आज का ये टॉपिक है छात्र जीवन दोस्त कहते हैं चल घूम आते हैं पर मैं कहता हूँ नहीं अभी नहीं आंखें कहती हैं सो जा पर मैं कहता हूँ नहीं अभी नहीं एक लड़की कहती है प्रेम का होना मुझे भी यह पसंद है पर मन कहता है नहीं अभी नहीं नाकामयाबियाँ तोड़ देती हैं बिखेर देती हैं सोचता हूँ छोड़ देता हूँ सब पर फिर हौसले बोल उठते हैं नहीं अभी नहीं माँ का फोन आता है त्योहारों पर माँ बुलाती है कई बार तो आंसू तक बहा देती और मैं यह कह कर फ़ोन रख देता हूँ कि आऊँगा घर ज़रूर मां पर अभी नहीं तो दोस्तों ये जो पंक्तियाँ हैं आपके सामने मैंने इसलिए रखी हैं कि जब भी आप किसी चीज़ में मन लगाकर तन लगाकर धन लगाकर करते हैं तो एक न एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलती है इसलिए जब तक आप सफल ना हो जाएं जिंदगी में तब तक आप इन पंक्तियों के आधार पर अपना जीवन छात्र जीवन बिताइए एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी उम्मीद है आपको यह टॉपिक पसंद आया होगा अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो या सुझाव हो तो आप मुझे नीचे कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं और साथ ही मेरे चैनल को जरूर सपोर्ट करें धन्यवाद आपका दिन शुभ रहे